नमस्कार साथियों मैं प्रताप सिंह अग्रोया माय बिग लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं आज मैं आपको बताऊंगा मोबाइल में टॉक बैक का जो ऑप्शन होता है वो कैसे आ जाता है और उसको हम कैसे डीएक्टिवेट करेंगे तो कई बार हमें लगता है कि वो अपने आप हाँ ही एक्टिव हो जाता है बट वो अपने आप हाँ एक्टिव नहीं होता उसके लिए उस एक्टिव होने के लिए कई बार क्या है कि हमारे फ़ोन से कोई ऐसी की प्रेस हो जाती है और वो एक्टिवेट हो जाता है दरअसल ये जो टॉकबैक का ऑप्शन ऑन होता है और मोबाइल में चालू हो जाता है ये उन लोगों के लिए मोबाइल कंपनी ने बना रखा है जिनको दिखाई नहीं देता तो जो देख नहीं सकते उनको स्क्रीन के ऊपर मोबाइल से वॉइस के थ्रू वो ऑप्शन बताता है जहाँ भी क्लिक करेंगे उसको वो ऑप्शन को बताएगा और जो भी मोबाइल में वो काम करते हैं उसको स्टेप बाई स्टेप मोबाइल उसको अपनी लैंग्वेज में बताता है यानी बोल के बताता है क्या करें जब अचानक से टच करने पर मोबाइल बोलने लगता है यानी हमारी किस गलती के कारण वो बोलता है तो आइए चलिए स्क्रीन के ऊपर देखते हैं मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन कैसे एक्टिवेट हो जाता है और इसको हमें कैसे डीएक्टिवे यानी ऑफ मोड में करेंगे तो मोबाइल स्क्रीन पे मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट होता है और कैसे इसको हम रिमूव कर सकते हैं चलिए आइए देखते हैं ये मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है इसको देखिए अब मैं एक की प्रेस करूँगा और टोक बैक का ऑप्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे हमारे मोबाइल के अंदर क्या होता है कि जैसे वैल्यूम की जो की होती है अप डाउन करने की यानी आवाज़ को कम ज़्यादा करने की जो हमारी मोबाइल में की है उसको अगर हम सेंटर में यानी सेंटर में दबा के रखेंगे सेंटर से बिल्कुल सेंटर से अगर उसको प्रेस करके रखेंगे अभी देखिए मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये कम ज़्यादा हो रही है अब इसको हम बिल्कुल सेंटर में अगर दबा देंगे बिल्कुल सेंटर में प्रेस करके रखेंगे मैं प्रेस करके दिखा देता हूं आपको ये इसमें ऑन हो चुकी है देखो नीचे ग्रीन लाइन आ चुकी है ये अभी मैं अगर किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा दो बार उसको दबाना पड़ेगा देखिए एक बार सेलेक्ट होगा एक बार फिर उसको जल्दी से प्रेस करेंगे तभी ये ओपन होगा जैसे ठीक है ये देखिए अब इसको देखिए इसको बैक लेके आना है तो मुझे डबल क्लिक करना पड़ेगा इसके ऊपर अब इसको ओपन करेंगे तो ये भी डबल क्लिक करके ही ओपन होगा इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये भी डबल क्लिक करके ही ओपन होगा ऐसे देखिए आएगा तो इसके अंदर अब देखिए मैं इसको एक उंगली से ऐसे ऐसे करूँगा ना तो ये चलेगा नहीं अब मुझे इसको स्क्रोल करना है तो दो उंगलियों से ऐसे करेंगे दो उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा सक्रोल से एक उंगली से नहीं हुआ अब मैं एक से कर रहा हूँ नहीं हो रहा अब दो से करूंगा ये देखिए ये देखिए ये देखिए आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी तो ये मोबाइल फोन है बोलने लग जाता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है और डबल क्लिक करके ही चाहे आप मैसेज कर रहे हो या कोई और कार्य कर रहे हो तो वहाँ से आपको डबल क्लिक करके ही ये वर्किंग करेगा ठीक है अब इसको ऑफ़ करने के लिए क्या तरीका है ये ऑन तो क्या हो गया कि हमारी वैल्यूम जो की है उससे ऑन हो गया अब इसको ऑफ़ करना है तो हमें क्या करना है सेटिंग में जाना पे सबसे पहले ये देखिए ये सेटिंग का ऑप्शन है तो इसको भी हम डबल क्लिक करके ही करेंगे ये सेलेक्ट हो गया अब जल्दी से इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा तो इसमें हम नीचे जाएंगे तो एक हमें ऑप्शन मिलेगा देखिए ये शॉर्टकट एंड एसेबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है डबल क्लिक इसको डबल क्लिक करेंगे इसके इसके अंदर हमें सबसे नीचे का जो ऑप्शन है Accessibility उसको प्रेस करेंगे इसके हमें इसके अंदर हमें टॉक बैग का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेलेक्ट टू स्पीक के नीचे टॉक बैक ये ये वाला इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे और यहाँ देखिए ये ऑन मोड पे है अब इसको हमें क्या करना है ऑफ करना है ये देखिए स्टॉप यानी टैपिंग स्टॉप यू विल भी टॉक बैक टॉक बैग को हमें स्टॉप करना है अब आवाज भी बंद होगी और ये ये ये जो नॉर्मल मोड था उसके ऊपर चला गया अब ये एक क्लिक से ही काम कर रहा है देखिए प्रॉब्लम बहुत बार हमारे पास साथ हो जाता है क्यों हम ऊपर नीचे की को करते हैं तो वो बीच से प्रेस होकर होल्ड हो जाती है कई बार हम प्रेस करते हैं और नीचे ऊपर नीचे का ये मान लिया हमें मोबाइल फोन की आवाज़ को कम करना है तो क्या वो सेंटर से क्लिक हो जाती है कई बार सेंटर से क्लिक हो जाती है और हम उसको दबाए रखते हैं तो ये बैक टाग का जो ऑप्शन है वो ऑन हो जाता है तो इसको ठीक करने का और कैसे होता है ये इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा धन्यवाद वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा धन्यवाद थैंक यू